ਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਗ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਕਾ ਜੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹ ਗੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋੜ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆਓ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਓਏ ਹੋਏ

दिन का आगाज हो चुका है और हम सब लोग तैयार हो गए हैं नहा लिया हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ये वो कमरा था जहाँ पे हम रुके हुए थे तो वो काफी साफ सुथरा कमरा था नींद बढ़िया अच्छी आई क्योंकि कल हमने तकरीबन चार से पांच किलोमीटर पैदल सफर किया था इसलिए नींद बड़ी ही जबरदस्त आई हमें तो अभी हम सब लोग प्यार हैं और निकलने लगे हैं निकलेंगे किसी और तरफ जाएंगे और एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे तो आइए चलते हैं

एक गांव में हम खड़े हैं ये मेला जो गांव जहां पे हम ठहरे थे उससे आगे एक गांव है इसका नाम है चौधरी मेला तो यहां पे कच्चे मट्टी के बहुत ज्यादा घर हैं तो एक घर का हम विजिट करने लगे हैं तो आइये आपसे शेयर करते हैं ये जो देख रहे हैं ये दरवाजा है जी ये दीवार है और ये बिजली का बंदोबस्त है यहाँ पे ये मीटर लगा हुआ

और यहाँ पे बहुत ही प्यारी बिल्ली है जनाब रखी हुई ये देखें, ब्लैक कैट और जिसके बारे में कहा जाता है जी अगर रास्ता काट दे तो आपका काम नहीं होता <laughs> बहुत ही क्यूट है ये है जनाब किचन कच्चा किचन देखे जी आपको सैर करवाता हूं मंदिर जाकर भी ये देखे जी ये चूल्हा है

और ये देख सकते हैं ये छाप देखें आप देखे अपना तो तहसील के लिए तहसील पहले जिला सरगोदा

अस्सी मुरब्बा एक सौ मुरबे का मालक निकल के वापिस चला गया

सिर्फ दे, अठारह मतलब मामला मामला ना युना बच्चे। मामला जो होता है, वो होता है की वो जो लम्बरदार होते है न गाँव के वो जमा करते है वो एक जो एकड़ होता है उसका एक सौ रुपया होता है एक साल का ये हम इनके रजिस्टर देख रहे हैं जहाँ पे ये लिखते है अपना हिसाब किताब मामले का

ये ये देख सकते हैं आप एक है है भी अभी जो पाकिस्तान में चलता है पहले ऐसे ही हुआ करता था तो ये बता रहे हैं तकरीबन तो एक लाख के करीब यहाँ पे मामला जो है वो इकट्ठा हो जाता है आ, यानी छ माह का तो फिर वो गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है वो जमा करवाना पड़ता है तो कितने बच्चे ने पाँच पाँच बच्चे ही न बची कोई नहीं बची देखो

बच्चा नीचा नहीं हुई सारे बच्चे पेदायश लिखी जाती है वो जे मदा मर जायद जो फैक्ट्री

फार्म बना के पिछड़ी जायदी अपना काम करो

आ गया पता नहीं क्या हो रहा है ये सब अभी तो पूजा की चिता पे ठंडी नहीं थी वो सर विजय है

के लिए और तो ये पानी भी काफी साफ है ये अभी सुबह के हम

निकले हुए हैं तो अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया नाश्ता टाइम जनाब अभी हो गया है डेढ़ के करीब टाइम हो गया तो अब हमने जी भी कुछ बनाई है तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी है जैन साहब कह रहे हैं कि मुझे अभी कुछ खाने को ना मिला तो मैं गिर भी ये जो पार्टियाँ आप देख रहे हैं ये बनी है साथ, साथ

ये रात रात लोग मंडियों पर चली जाएंगी और वहाँ से तो ये दुकानों पे चला जाएगा ये का ये काफी सारी गाड़िया यहाँ पे खड़ी हैं ये मेरे पीछे है और मंडियों से फिर ये होता हुआ आप तक पहुँच जाएगा इन शे माल ये हम ये भी कह सकते हैं हमने यहाँ से लोड करवा दिया अब आप ले लीजिएगा आगे से तो अब आपकी किस्मत